कुछ लोग हैं जो हैं कुछ नहीं पर उनकी अकड़ नहीं जाती ये किसी दिन पिट के मानेंगे उनकी प्यार से बात इनकी समझ नहीं आती हम फ्री फायर वाले हैं आसानी से मार दे इन सब की कोई औकात नहीं और तूने क्या बोला हमें घर में घुस के मारेगा तो सुन बेटा अपने बाप को बेच तेरी बस की कोई बात नहीं इस तरह हम पबजी के दीवाने हो गए कि कुछ इस तरह हम पबजी के दीवाने हो गए कि अब हमें म्यूजिक बीट में भी गोलियों की आवाज आती है चेर, चेर, चेर, हम किसी के भरोसे नहीं चलते, अपने दम पर आग लगाएंगे अजी हम किसी के भरोसे नहीं चलते अपने दम पर आग लगाएंगे तुम झुक जाने की बात करते हो हम मंजिल को उठाकर ले आएंगे पबजी के खतरनाक प्रो प्लेयर बोट मार के खुद को हाई फाई बताते हैं और एक रियल बंदा आने पर पिंग हाई बताते हैं की बाप से ही बेटा पैदा होता है ये बात पूरी दुनिया अच्छे से जानता है पर तुम्हारे बाप फ्री फैर का जन्म प्ले स्टोर में कब हुआ था ये गूगल करके देख ले क्योंकि ये बात तू अभी नहीं जानता है इतना टैलेंटेड बंदा है हमारे में बंदे दिखने पर गाड़ी सीधी भगा लेते हैं वापस नहीं मोड़ते और भूखे तो इतने हैं सामान के तुम बंदों की बात करते हो ये बोट की पेटी नहीं छोड़ते निकाल रहे हैं हम में कमियां हजार खास वो भी निभा कर देखे एक दिन हमारा किरदार हर वक्त खेलते फ्री फायर हर वक्त खेलते पबजी हर वक्त खेलते फ्री फायर हर वक्त खेलते पबजी और घर जा मम्मी बुला रही है बाजार ऐसी लाना है सब्जी नफरतों के गेम में खेलने का मजा ही कुछ और है यहाँ लोग जलना नहीं छोड़ते और हम जलाना